हेलो गायज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो आज हम आप लोग के लिए सरप्राइज लाए हैं क्योंकि आप लोग को तो पता नहीं था बट ये देख सकते हैं आप लोग ये रही मेरी आज बर्थडे तो इसकी सजावट हो चुकी है तो आगे हम जा रहे हैं तैयार होकर तैयार होकर आते हैं फिर आगे का प्रोग्राम दिखाएंगे कैसा है क्या है नहीं आता देखो है ये देख सकते हो आप लोग दोस्त लोगों ने क्या हाल बनाया है ये रहे हमारे दोस्त लोग तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे फ्रेंड्स के लिए आप बड़े क्या पप्पल सला पार्टी उसके बाद पप्पल ये भी इसको भी देख सकते हैं सात बजे बोला आठ बजे लगा खाली खाने के लिए और ये हमारे आए बोल दीजिए हाँ हेलो और ये रहे हमारे सहयोगी तो ये आज बहुत मेहनत किया हमारे साथ हो बोलेंगे नहीं नहीं कुछ ने। तो आज के लिए बस चलते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे बस अगले ब्लॉग में